जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्रीराम करू मैं वना श्रीराम की होगी कृपा जय जय श्रीराम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हो गर्ण टकन को मेरे साय में बनकर खड़े प्रभु राम जो मेरे धरती से लेकर अम पद तक पूर्वक से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक कर मय श्री राम कक्कड़ में श्रीराम थे मेरे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम चरणों के जिनके पार हुआ मैं रोटी कपड़ा मकान अपार हुआ मैं बिन मांगे प्रभु ने खुश कर दिया का सारा पोषण लिया जीवन को मेरे कष मुक्त किया लेकर हृदय में स्थान अपने आत्मा परमात्मा में लीन कर दिया जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम